आज हर जनमानस के सामने केवल एक ही समस्या है धन मनी पैसा अगर आप धन कमाना चाहते हैं धन को पाना चाहते हैं मैं आपकी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकता हूं धन को पैसे को मनी को नो प्रॉब्लम कैसे करें दोस्तों मैं लाला लीलूलाल अपने नए YouTube चैनल टीवी वी नर्सरी ऑफ जोरी में आप सभी का स्वागत दिल से करता हूँ पिछले दो साल से भी अधिक समय से कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है इस महामारी से हर जनमानस मानस उबरने की कोशिश कर रहा है। जब मैं हालात देखता हूँ और मैं इन हालातों में आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ इसी कारण मैंने इस YouTube चैनल का निर्माण किया है आज हर जनमानस के सामने केवल एक ही समस्या है धन मनी पैसा कहाँ से आए जिससे उसकी आजीविका आसान हो जाए आज का युवा अपने भविष्य को धूमिल होते हुए देख रहा है मैं देख रहा हूँ कि आज का जो युवा है इस दो साल के परकोप के बाद अपने आप को बोझल भरी राहों में खड़ा पाता है कि मैं आगे क्या करूँगा क्योंकि उसके रोजगार के क्षेत्र सुकड़ गए हैं उसके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई है कि मैं धन कैसे कमाऊं यह बहुत ही विकट परिस्थिति है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी मैं ये भी देखता हूं कि जो युवा पिछले पंद्रह सालों से पढ़ाई में व्यस्त है और लाखों रुपए खर्च कर चुका है वो आज के दिन बोजल भरी राव पर खड़ा हुआ है उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं पैसा कैसे अर्जित करूँ मैं एक साधारण सा आपकी तरह आदमी हूं परंतु मेरे पास कुछ गुण है मैं आपकी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकता हूं यही मेरा योगदान है दोस्तों अगर आप धन कमाना चाहते हैं धन को पाना चाहते हैं धनपति बनना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए नर्सरी ऑफ जोरी का दोस्तों नर्सरी ऑफ जोरी में आपको केवल धन कमाना सिखाया जाता है और कुछ नहीं सिखाया जाता धन कैसे पैदा होता है और धन आसानी से आता कैसे है यह सारी शिक्षा नर्सरी ऑफ जोरी में बहुत ही कम समय में दी जाती है आपने अपने जीवन के काफी सारे साल पढ़ाई में खर्च किए हैं आप आगे अभी और कई साल लगाओगे तब जाके आपको धन प्राप्ति का कोई स्रोत मिलेगा परंतु दोस्तों मैं आपको चैलेंज करता हूं आप अपने जीवन के कुछ महीने मुझे दीजिए बस और आप धनपति बनना चालू हो जाओगे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों ये मेरी गारंटी है दोस्तों आपको काफी सारे व्यक्ति मिलेंगे वो ये कहेंगे आप ये कीजिए वो कीजिए आप धनपति बन जाएंगे धनवान बन जाएंगे पर वो कोई गारंटी नहीं लेगा दोस्तों ना वो आपको सिखाएगा वह सलाह देगा बस आपको ये करो वो करो पर दोस्तों मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा मैं आपको वाकई दंपति बनाऊंगा मेरी शिक्षा का आधार ही है दोस्तों और कोई आधार ही नहीं है मेरी नर्सरी ओपजोरी में आप दाखला लीजिए मेरे कोर्स को करने से पहले पहले आप दम धन इकट्ठा करना चालू कर देते हो बस मैं ये बताना चाहता हूं मेरे कोर्स की खूबी इतनी अच्छी है कि मेरे कोर्स को जब आप पूरा करोगे उससे पहले ही आप धन प्राप्त करना चालू कर दोगे मेरे कोर्स की यह खूबी है दोस्तों मेरा कोर्स ही धन का है मनी का है पैसे का है अगर आप भविष्य को विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ देख रहे हैं आपने काफी सारी शिक्षा भी प्राप्त की है लाखों रुपया खर्च करके और अभी कई सालों का इंतजार भी कर रहे हो कि कैसे पैसा कमाएंगे उसकी योजना बना रहे हो छोड़ो सारी योजनाओं को आप अपने जीवन के कुछ महीने मुझे दीजिए बस मैं आपको धन बनाना सिखाऊंगा दोस्तों ये मेरा वायदा है आपसे मैं गारंटी दूंगा दोस्तों और कुछ ही महीने का कोर्स है दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूं मेरे नर्सरी ऑफ जोरी प्रोग्राम में आप हिस्सा लीजिए आप मुझसे मिलने के लिए आप मेरे घर पर मेरे इस ऑफिस में पधार सकते हैं ये मेरा घर है दोस्तों ये ऑफिस है और यही नर्सरी ऑफ जोरी है ये महाविद्यालय है दोस्तों जहां धन कमाना सिखाया जाता डायरेक्ट और कुछ नहीं किया जाता दोस्तों अगर आपको अपने घर में धन का पेड़ लगाना है तो आप मेरी नर्सरी ऑफ जोरी को ज्वाइन कीजिए मेरे नर्सरी ऑफ जोरी के कोर्स को करते करते आप धन कमाना चालू कर देंगे मैं ये भी कह रहा हूं आपसे हाँ दोस्तों आप धन कमाने की शुरुआत कर दोगे मेरा कोर्स पूरा होने से पहले पहले मैं ये भी आपसे कह रहा हूं मेरा कोर्स इतना शक्तिशाली है दोस्तों और इसकी अवधि बहुत ही कम है आपने अपने जीवन के काफी सारे साल दिए दोस्तों पढ़ाई को आप लाला लाल की पढ़ाई कीजिए एक छोटी सी गारंटी 100 परसेंट गारंटी हाँ दोस्तों अगर आप धनपति बनना चाहते हैं लखपति नहीं नहीं मैं आपको करोड़पति रा बनने के लिए अरबपति भी बहुत छोटा शब्द है दोस्तों खरबपति भी छोटा है मैं आपको पदम बनाने की शिक्षा दूंगा पदम पति लखपति तो आप मेरा कोर्स करते करते बनोगे दोस्तों हाँ मैं ये कह रहा हूं आपको फिर जब राह पे चलोगे करोड़पति भी बनोगे अरबपति भी, भी बनोगे खरबपति भी बनोगे मंजिल है दोस्तों पदम बनने की जब एक के पीछे तेरह जीरो लगा दी जी जाए इतनी सारी बड़ी रकम को पदमपति कहा जाता है दोस्तों अगर आप पदम बनना चाहते हैं अपने जीवन में तो आप मेरे नर्सरी ऑफ जोरी के कोर्स को ज्वाइन कीजिए आप मुझसे मिलने के लिए मेरे यहां पर पधारिय मेरा पता है लाला लीलूलाल नर्सरी ऑफ जोरी सकुटर मार्केट रोहतक रोड नांगलोई दिल्ली इंडिया दोस्तों अगर आप मुझसे फोन पर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी छह जानकारी मुझे अवश्य देनी पड़ेगी पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए आप अपने परिचय में अपना पूरा नाम अपने पिता का नाम अपनी उम्र अपनी शिक्षा अपना पूरा एड्रेस पिन कोड सही और अपनी एक फोटो ये छह जानकारी आप मुझे दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसके बाद आप मुझे फ़ोन कीजिए मेरे व्हाट्सएप पर ये जानकारी दिए बिना मुझे मैसेज करेंगे या मुझे फोन करेंगे तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा हाँ दोस्तों अगर आप मुझसे फोन पर बात करना चाहते हैं तो आप अपनी ये छह जानकारी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पहले भेजिए और पूरी की पूरी भेजिए अन्यथा आपका नंबर तुरंत ब्लॉक किया जाएगा मैं ये भी कहना चाहूँगा फोन तो उठाया ही नहीं जाएगा आपका बल्कि ब्लॉक और कर दिया जाएगा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 अगर आप यह आज या दूरी जानकारी देते हैं तो भी आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा फिर आपको विवश किया जाएगा कि आप यहां पे आओ मुझसे मिलने के लिए हाँ दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाह रहा हूं अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं फोन पर तो अपनी ये छह जानकारी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पहले भेजिए अगर आप यह जानकारी नहीं भेजते तो मैं मजबूर हूं आपका नंबर ब्लॉक करूंगा अगर आप मेरे दिए गए फोन नंबर का मिसयूज करेंगे तो मेरा फोन नंबर नोट कीजिए मेरा फोन नंबर है 850 सौ पचास साठ आप मेरे इस फोन नंबर पर अपनी पूरी जानकारी भेजिए इस वीडियो को दोबारा देखिए अगर आप धनवान बनना चाहते हैं अगर आप धन कमाना चाहते हैं अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए क्योंकि जल्दी में आपको धन क्या होता है धन कैसे कमाया जाता है इसके सबसे आसान तरीके क्या हैं कैसे आप अपने घर में धन का पेड़ लगा सकते हो ये सब जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप मुझसे मिलने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखिए अच्छा दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक